रीवा में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके प्राचीन शिव मंदिर को जेसीबी से गिराने की कोशिश की गई वहीं जब बजरंग दल को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया वहीं उनका आरोप है कि मंदिर के पुजारी ने कॉम्प्लेक्स मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए शिव मंदिर को तोड़ने की साजिश की है जिसके बाद प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को शांत कराकर जेसीबी को वापस भिजवा दिया गया है देश में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होना बंद नहीं हो रहा है कभी धर्म पर तो कभी धार्मिक प्रतीकों पर प्रहार किए जाते हैं वही रीवा में उस वक्त हंगामा हो गया जब देर रात मुख्य मार्ग पर स्थित शिव मंदिर को जे सी बी गिराया जा रहा था वहीं जैसे ही इसकी जानकारी बजरंग दल को मिली तो वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और इसका विरोध प्रदर्शन किया और मंदिर के पुजारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स के मालिक के साथ मिलकर प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने की साजिश की है और जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराकर जेसीबी को वापस भेजा गया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 करके तुमने दिखलाया तीन हटा के भारत मा का मान बढ़ाया जन जन की उम्मीदों की सुनी पुकार मोदी सरकार भारत की शिल्पकार मोदी सरकार।, सरकार वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का